गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू मैं जैसा कि आप सभी को बताना चाहता हूं आप सभी लोग आई सी इंटरमीडिएट के रिजल्ट को लेकर बहुत ही उत्सुक उस हैं उसके लिए मैं पहले आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कि आई ने ट्वेंटी और ट्वेंटी वन को आई का रिजल्ट डिक्लेअर करने के लिए कहा था और उसके बाद लेकिन उन किसी कारणवश्य उसे पोस्टपोन कर रहे हैं लेकिन जैसा कि आप इन्फॉर्मेशन आईसी या किसी और सोर्सेज से हमें पता चल है कि आई का रिजल्ट 20 और 20 सॉरी 26 और 27 को डिक्लेयर होगा जिसके लिए एक राजेश शर्मा जी आ, आ, आ, सर ने भी ट्वीट किया है तो उससे भी ये साबित अब होता है कि आई का रिजल्ट वो 26 और 27 को आएगा